नमस्कार मित्रों बेस्ट प्लेसेज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर वर्णामा जैन तीर्थ को भेंट देंगे इस जैन तीर्थ को श्री पार्श्व पद्मावती धर्मदाम वर्णामा के नाम से जाना जाता है जैसे कि नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जैन तीर्थ जैन धर्म के तेईसवें तीर्थकर मूलनायक पार्श्वनाथ जी को और माता पदमावती जी को समर्पित है इस मंदिर के लोकेशन के बारे में अगर बताना चाहूं ये मंदिर सूरत से वडोदरा जाते समय मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वडोदरा से 17 किलोमीटर पहले आने वाले वर्नामा गांव में स्थित है। इसलिए ज्यादातर लोग इस जैन तीर्थ को वर्नामा जैन तीर्थ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में ऊपरी मंजिल मूलनायक पार्श्वनाथ जी को समर्पित है मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है पूरे भारत में भगवान पार्श्वनाथ जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय शिकर जी में है जिसे पार्श्वनाथ पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है यहाँ माना जाता है कि उन्हें मोक्ष मिला था उनका एक और मंदिर है जो राजस्थान के नाकोड़ा में मौजूद है जिसे नाकोड़ा पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है यह वैध लोकप्रिय जैन मंदिर है लेकिन वहाँ सबसे लोकप्रिय देवता पार्श्वनाथ नहीं बल्कि भैरव है क्षेत्र नाकोड़ा होने के कारण इन्हें नाकोड़ा भैरव के नाम से भी जाना जाता है वर्णमा मंदिर का तहकाना माता पद्मावती के लिए समर्पित है यहाँ पद्मावती जी की मूर्ति लगी हुई है मंदिर बहुत ही सुशोभित किया गया है यह जैन मंदिर मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर होने के कारण आप यहाँ रुक सकते हैं और कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं और साथ ही आप यहाँ बढ़िया नाश्ता और रोपार का भोजन कर सकते हैं आप मंदिर के विश्राम पक्षों में आराम कर सकते हैं जो सस्ती कीमत पर उपलब्ध है लेकिन यहाँ रात में रुकने की व्यवस्था सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए ही है मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक यू